अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आपको यहाँ पर बास्केटबॉल और फुटबॉल दिखाई दे रही हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 18, या ऑप्शन डी सताईस आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए